जय श्री राम आप सभी ने श्री राम के बारे में सुना है और सीता माता के बारे में भी और हनुमान जी को कौन भूल सकता है और श्री लक्ष्मण भैया जी के और भी बहुत बेहुल्य किरदार निभाए हैं देवी देवताओं ने इतिहास में ऐसा रच दिया है कि राम की वाणी लिखनी थी तो संस्कृत में आयन शब्द लिया गया इसका मतलब चलते हुए वेद में जिक्र किया गया है इन दोनों एक साथ मिलाकर रामायण की गाथा लिख डाली जो जुगों जुगो तक हमें प्रेरित करती रही है कोई भी ऐसा शख्स नहीं है भारत में जिसने रामायण रामानंद सागर की नहीं देखी होगी रामायण में से एक ऐसा किरदार भी था जिसने अपना राज शोक संपत्ति ऐशो आराम छोड़कर आंखें बंद कर कर आखिरी सांस तक साथ दिया जिसकी पत्नी गर्भवती होने के कारण उनके साथ नहीं थी और चौदह साल तक अंत त्याग कर कुछ भी नहीं खाया और उसके पास बहुत सारी शक्तियां हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी रावण को भी अकेला ही चुनौती दे सकता था लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे लेकिन श्री राम के बिना कोई भी फैसला नहीं लेते थे लेकिन लेकिन लेकिन यदि ये फैसला ले लेते तो रामायण का रुख कहीं और ही होता हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महायोद्धा स्वरूप उपकारी मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण की लक्ष्मण जी के पिता का नाम दशरथ और उनकी तीन पत्नियां माता सुमित्रा माता कौशल्या माता के कई थी लक्ष्मण रामायण के एक आदर्श पात्र हैं। इनको शेष ना कावतार माना जाता है रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे उनकी माता सुमित्रा थी वे राम के छोटे भाई थे इन दोनों भाइयों में अपार प्रेम था उन्होंने राम सीता के साथ चौदह वर्षों का वनवास भोगा था कुशल्या और के कई इनकी सतीली माँ थी इन सभी चारों भाइयों में एक की बड़ी बहन थी जो कुशल्या की पुत्री थी उनका नाम शाता था दशरथ और कुशल्या ने उन्हें अंग महाजनपद के राजा और कुशल्या की बहन को गोद दे दिया था मंदिरों में श्री राम तथा सीता जी के साथ सदैव उनकी भी पूजा होती है उनके अन्य भाई भरत और शत्रुघ्न थे लक्ष्मण हर कला में निपुण थे चाहे वो मलयुद्ध हो या धनु विद्या लक्ष्मण जी को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है जैसे लखन रामनूज दशरथ सूद सुमित्रा नंदन देवनागरी लक्ष्मण आदि इनका संबंध शेष का अवतार वैष्णव संप्रदाय जीवन साथी का नाम उर्मिला पिता का नाम दशरथ माता का नाम सुमित्रा भाई बहन राम शत्रुघ्न और ता लक्ष्मण जी की दो संतान भी थी उनका नाम अंगद और चंद्रकेतु जब आदर्श की बात आती है तो लक्ष्मण जैसा और कहा लक्ष्मण एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है राम को पिता ने वनवास दिया किंतु लक्ष्मण राम के साथ स्वेच्छा से वन गमन करते रहे परिवार में प्यार और स्नेह और जनता में बहुत लोकप्रिय थे लेकिन लक्ष्मण ने सुख संपत्ति ऐशो आराम छोड़कर केवल सेवा भावना को ही अपनाया वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है भाई के लिए बलिदान की भावना का आदर्श वाल्मीकि रामायण के अनुसार दानव से से युद्ध के के अवसर पर लक्ष्मण राम राम कहते हैं, hey राम, इस कंबद दानव का वध करने के लिए आप मेरी बलि दे दीजिए मेरी बलि के फलस्वरूप आप सीता तथा अयोध्या के राज्य को प्राप्त करने के पश्चात आप मुझे स्मरण करने की कृपा बनाए रखना सदाचार का आदर्श सीता माता की खोज करते समय जब मार्ग से सीता के आभूषण मिलते हैं तो राम लक्ष्मण से पूछते हैं हे लक्ष्मण क्या तुम इन आभूषणों को पहचानते हो लक्ष्मण ने उत्तर में कहा मैं ना तो बाहों में बंधने वाले क्यूर को पहचानता हूँ और ना ही कानों में कुंडल को मैं तो प्रतिदिन माता के चरण स्पष्ट करता था अंत उनके पैरों के को अवश्य ही पहचानता हूँ सीता के पैरों के सिवा किसी अन्य अंग पर दृष्टि ना डालते सदाचार का आदर्श है लक्ष्मण एक वैराग की मूर्ति है बड़े भाई के लिए चौदह वर्षों तक पत्नी से अलग रहना वैराग का आदर्श उदाहरण है लक्ष्मण जी के वंशज लक्ष्मण के अंगद तथा चंद्र केतु मूल्य नामक दो पुत्र हुए जिन्होंने क्रमक्ष अगदियापुरी तथा कुशीनगर की स्थापना की प्रतिहार वंश की उत्पत्ति पर चर्चा करने वाला आठ सौ सीई का जोधपुर शिवालेख है ये भी वंश का नाम बताता है जैसा कि परिहार लक्ष्मण के पूर्वजनों का दावा करते हैं जिन्होंने अपने भाई रामचंद्र के लिए द्वारपाल के रूप में काम किया था इनका चौथा श्लोक कहता है रामभद्र के भाई ने द्वारपाल की तरह कर्तव्य निभाया इस शानदार वंश को प्रतिहार के नाम से जाना जाने लगा मनुस्पति में प्रतिहार शब्द एक प्रकार के क्षत्रिय शब्द का प्रयाचारिक है लक्ष्मण के वंशज परिहार कहलाते थे और सूर्यवंशी वंश के शरिशते हैं लक्ष्मण के पुत्र अंगद जो करपथ राजस्थान और पंजाब के शासक थे इस राजवंश की 126वीं पीढ़ी में राजा हरिचंद्र गुजर प्रतिहार का उल्लेख है